हा मेरे दोस्त जब मैं यहां से लौटूंगा तो फिर से मिलेंगे मुझे तुम्हारी ही यादों के माइलस्टोन, जिन राहों से होकर तुम्हारे पास आया था उन्हीं राहों से फिर से गुजरना होगा सच कहता हूँ मेरी महबूबा मेरी मोहब्बत थक गया हूं मैं जब अपनी यादों के सफर को जीते जीते मैं तुम तक आ पहुँचा तभी तो जाना परम शांति क्या होती है मन की सारी उथल पुथल सारी उद्विग्नता शांत हो गई हां मेरे दोस्त जीवन के इन्हीं लम्हों में तो जाना परम शांति क्या होती है परम सुख क्या होता है हाँ मेरी महबूबा यह भी जाना कि वेदना की गहन अनुभूतियों में परम सुख की अनुभूति भी की जा सकती है वेदना का भी अपना एक अलग ही सुख होता है कहाना थक गया अपने राइटर की तरह ही किसी माइलस्टोन पर बैठकर कर सुस्ताना चाहता हूँ आराम करना चाहता हूं तुम्हारी यादों के ही किसी एक माइलस्टोन पर कुछ पल के लिए रुकना चाहता हाँ मेरे दोस्त मैंने कहा ना हम माइलस्टोन के ऐसे दो किरदार बनकर रह गए जो अपनी यादों को लिए अपने अपने माइलस्टोन के पास ही खड़े रह गए और रह गई हमारे बीच की दूरी रह गए हमारे बीच यह फासले जब उस वक्त नहीं चले हम दो कदम तो फिर अब आज क्यों चलें? हाँ मेरे दोस्त फिर आज क्यों चलें? तुम रुको अपने माइलस्टोन के पास और मुझे चलने दो लौटने दो वापस मैं भी रुकूंगा अपने किसी एक माइलस्टोन के पास और कुछ पल के लिए सुस्ताऊंगा टिक कर बैठ जाऊंगा मैं अपने उसी माइल के पास पास मेरे दोस्त और फिर क्या पता उसी एक माइलस्टोन के के ही मेरी आंखें बंद हो जाएं के लिए इस दिल की धड़कन जाए और मैं इस दुनिया को भी कह दू अल अब नहीं चाहिए मुझे ये दुनिया ना कोई मोक्ष चाहिए ना ही स्वर्ग की लालसा है सिर्फ मुक्ति चाहिए से, से, इस शरीर से, हां मेरे दोस्त, फिर कभी लौट कर न आने के लिए मुक्ति चाहिए यहाँ से मैंने कहा ना जब मेरी आंखें बंद हों तब मेरी सारी स्मृतियां चली जाए जब मेरी स्मृतियों में दूर दूर तक कहीं नहीं होगी तुम तो फिर पुनर्जन्म की कोई यास भी नहीं रह जाएगी कोई संभावना ही नहीं रह जाएगी हाँ मेरे दोस्त अब नहीं चाहिए मुझे कोई पुनर्जन्म मैंने कहा ना कौन जाने मेरी महबूबा उस जन्म में भी यही सब ना हो यही मजबूरिया ना हो यही रिश्ते ना हो यही अपने लोगों का अभिमान न फिर से कोई आसमानी जोड़ी भी हमारे बीच हुई तो तब फिर क्या करूंगा मैं कौन जाने फिर यही कहानी ना दोहराई जाए इसीलिए तो कहता हूं मैं मेरी अब आखिरी आरजू यही है कि मैं सदैव इस अनंत ब्रह्मांड के विस्तार में भटकता रहूं, एक अखंड ऊर्जा बनकर और फिर शायद तब मैं तुम्हें भी एक अक्षय ऊर्जा के रूप में प्राप्त कर सकूं। तुम जब कभी इस अनंत ब्रह्मांड में मेरे साथ होगी जहां ना तो यह रूप होगा ना यही यौवन होगा ना शरीर होगा ना कोई आकार होगा ना ही कोई यादना ही होगी बस होगी तो यह अखंड ऊर्जा और, और मैं मैं तुम्हें अब इसी रूप में प्राप्त करना चाहता हूं हां मेरी होगा मैं तुम्हें इसी रूप में प्राप्त करना चाहता हूं इसीलिए कहता हूं मेरे दोस्त किसी माइलस्टोन पर मेरे इस सफर का भी अंत होना चाहिए इसीलिए कहता हूं मुझे अपने पास से जाने दो मुक्त करो मुझे इन मोह प्रीत के बंधनों से कहो तुम मुझसे अलविदा मैं तुमसे कहूं अलविदा हां दोस्त। अलविदा घर निकलता अपनी मंजिल की तलाश में तो अपनी दास्ता वहीं लिखता मेरे दोस्त पर यह तो है तुम्हारी यादों का कारवा मिलते हैं मील के पत्थर उन्हीं पत्थरों पर दो दिलों के निशां छोड़ता हूँ जो कभी तुम किसी मंजिल की तलाश में गुजरो यहाँ से हाँ तब तुम्हें ये निशा मेरी याद दिलाएंगे हमारी वफा हमारी बेवफाई की दास्तान तुमको सुनाएंगे रहेंगे जब तक ये मोहब्बत के रास्ते चलते रहेंगे राही गुजरते रहेंगे मुसाफिर अपने सीने पर लिए निशान मेल के पत्थर तब भी यहीं रहेंगे तब भी यहीं रहेंगे हाँ मेरे दोस्त तुम्हारी यादों के माइलस्टोन तब भी यहीं रहेंगे यहीं छोड़कर जाना चाहता हूँ भी कहना चाहता हूँ अलविदा आज जिन महफिलों में तुम्हें छोड़कर फिर मैं वापस जा रहा हूं नहीं जानता मैं वह महफिलें हैं कौन सी इन महफिलों में तुम्हें क्या मिलेगा क्या हासिल होगा तुम्हें इन महफिलो का नहीं जानता मेरे दोस्त आबाद महफिलों में छोड़ तुम्हें, लो फिर आगे मैं बढ़ जाता हूँ कर अनसुनी पुकार तुम्हारी लो खुद मैं भी तो रोता। बन प्रेम पथिक का दोषी फिर तुम्हें अलविदा मैं कहता हा मेरे दोस्त तुम्हारे साथ ढलती हुई इस शाम को अलविदा तुम्हारे साथ गुजरते हुए इस एक लम्हे को अलविदा तुम्हारी आंखों में ठहरे हुए इन आंसुओं को अलविदा मुझ तक पहुंचने वाली तुम्हारी हर सदाओं को अलविदा तुम्हारे दिल में उठती हुई इन बेचैनियों को अलविदा मुझे फिर रोक लेने की तुम्हारे दिल में उठती हुई हर चाहतों को अलविदा तुम्हारे दिल में उठती हुई हर तड़प को हर आह को अलविदा तुम्हारी हर नजर को तुम्हारी हर कसम को तुम्हारे हर वादों को अलविदा मेरे साथ चलने के लिए तैयार तुम्हारी यादों को भी अलविदा हाँ मेरे दोस्त तुम्हारी हर यादों को भी अलविदा अलविदा अलविदा मेरे दोस्त अलविदा जो कभी गुजरे थे तुम्हारे साथ उन लम्हों को अलविदा जो बंधे थे तुम्हारे साथ उन बंधनों को अलविदा उन कस्मों को उन वादों को उन रस्मों को भी जो कभी तुमने मेरे साथ निभाई थी मेरे दोस्त अलविदा लो भुला दिया मैंने उन लम्हों को जिन लम्हों ने मुझको दर्द दिया अब तुम भी भूलो उन यादों को निष्दिन जिनको तुमने याद रखा अब याद रखो अपनी उन कसमों को जिन कसमों ने मुझको भुला दिया तुम दोहराओ जीवन में उन वादों को जिन वादों ने मुझको रुला दिया भूलो मेरे आंगन की उन रस्मों को अब जिन रस्मों ने मुझसे दूर किया अंजलि में समेट रहा उन लम्हों को हाँ मेरे दोस्त अंजलि में समेट रहा उन लम्हों को जिन लम्हों में मैंने तुमको प्यार किया उन लम्हों को डाल तुम्हारे दामन में लो फिर अलविदा तुम्हें मैं कहता हूं हां मेरे दोस्त सूने आकाश में भटकते हुए इस निशा पथिक को मेरे दोस्त अलविदा अपने घोसनों को लौटते हुए सभी परिंदों को मेरे दोस्त अलविदा उगते हुए सूरज को ढलती हुई इन शामों को मेरे दोस्त अलविदा गांव की उन हरे गलियों को जिनमें तुम्हें खोजते हुए मैं भटका करता था मेरे दोस्त अलविदा तुम्हारी बगिया के उन फूल के पौधों को भी जिनमें कभी फूल खिला करते थे मेरे दोस्त अलविदा अपने आंगन के उस तुलसी के पौधे को भी मेरे दोस्त अलविदा तुम्हारी हर एक चितवन को तुम्हारी हर एक हंसी को तुम्हारी हर एक मुस्कुराहट को मेरे दोस्त अलविदा तुम्हारी आंखों से बहते हुए हर एक एक आंसुओं को अब कहता हूं मेरे दोस्त अलविदा जलती दोपहरी में मैदानों से उठकर नदियों में जाकर पानी पीने वाले उन बवंडरों को हां मेरे दोस्त अलविदा अलविदा तुम्हारी उन हर हिचकियों को तुम्हारी उन हर सिसकियों को मेरे दोस्त अलविदा उन सारी बहारों को अलविदा सभी मौसम को बारिश में बरसती हुई उन बूंदों को जिन्होंने कभी हमारे पांव पखारे थे मेरे दोस्त अलविदा चमकती तड़पती हुई उन बिजलियों को विवाह मंत्र सुनाती हुई शीतल हवाओं को मेरे दोस्त अलविदा कोयल की हर कूक को चिड़ियों की चहचहट को मेरे दोस्त अलविदा कर मुक्त तुम्हें मैं अपनी बाहों से लो फिर अलविदा तुम्हें मैं कहता हूं हां मेरे दोस्त अपने आलिंगन से तुम्हें मुक्त करता हूं और कहता हूं तुम्हें अलविदा जिन लम्हों में तुम सिमटी हुई आज भी मेरी बाहों में हो अलविदा तुम्हारे जलते थरथराते भीगे कंपित तुम्हारे ओठों को मेरे दोस्त अलविदा तुम्हारी जलती सुलगती मेरे सीने से टकराती इन सांसों को भी अलविदा मेरे दोस्त अलविदा और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 तुम्हारे दिल में उठती हुई इन बेचैनियों को अलविदा मुझे फिर रोक लेने की तुम्हारे दिल में उठती हुई हर चाहतों को मेरे दोस्त अलविदा तुम्हारे दिल में उठती हुई हर तड़फ को हर आह को मेरे दोस्त अलविदा तुम्हारी हर नजर को तुम्हारी हर कसम को तुम्हारे हर वादों को मेरे दोस्त अलविदा मेरे साथ चलने के लिए तैयार तुम्हारी हर यादों को भी अलविदा हां मेरे दोस्त तुम्हारी हर यादों को भी कहता हूं अलविदा अलविदा अलविदा मेरे दोस्त अलविदा